स्टोरीज ऑफ़ टेन मिस्टीरियस डेड बॉडीज इन हिंदी सदियों पुरानी दस रहस्यमय डेड बॉडीज जो आज तक नहीं हुई खराब आमतौर पर किसी व्यक्ति की मौत होने के कुछ समय बाद ही उसका शव खराब होने लगता है और इसे देर तक रखना काफी मुश्किल होता है लेकिन दुनिया में कुछ लोगों की ऐसी भी डेड बॉडीज हैं जो सदियाँ गुजरने के बाद भी आज भी सुरक्षित हालत में हैं कुछ तो बिना उपाय के सुरक्षित बनी रही तो कुछ के लिए उपाय भी करने पड़े लेकिन इन बॉडीज़ के बारे में जानकर लोगों को अजीबोगरीब लगता है कि लंबा वक्त गुजरने के बाद भी ये सुरक्षित बनी हुई है। आप यहाँ दुनिया की कुछ ऐसी ही डेड बॉडीज के बारे में जानेंगे नंबर एक सेंट जीटा इटली के लुक्का कस्बे के बेसिलिका डी सेंट फ्रेडियनो में सेंट जीटा की बॉडी रखी गई है वह एक कैथोलिक संत थी और जरूरतमंदों की देखभाल करती थी लोगों ने दावा किया कि बारह बहत्तर में जब सेंट जीटा की मौत हुई थी तो उनके घर के ऊपर एक तारा दिखाई दिया था पंद्रह में उनकी बॉडी को खोद निकाला गया तो यह सुरक्षित हालत में मिली जीटा को सोलह में संत घोषित किया गया था नंबर दो जॉन टॉरिंगटन अठारह सौ ऑफिसर जॉन टॉरिंगटन नॉर्थवेस्ट पैसेज की खोज के अभियान में लगे थे इस दौरान उनकी मौत हो गई उस समय उनकी उम्र 22 साल की थी मौत के बाद उनकी बॉडी को कनाडा में आर्कटिक के बैरन टुंडरा में दफना दिया गया था उन्नीस में टोरिंगटन की कब्र को शिफ्ट करने के लिए खोदा गया तो सभी लोग हैरान रह गए टोरिंगटन की डेड बॉडी ज्यों की त्यों रखी हुई थी इस बारे में उस समय मीडिया में काफ़ी खबरें भी पब्लिश हुई थी नंबर तीन लाडोनसेला दक्षिणी अमेरिका में यूरोपियन लोगों के पहुंचने से पूर्व एंडीज पर्वत की एक ऊँची जगह पर इस महिला की बली दी गई थी पहाड़ के वातावरण में महिला का शरीर सुरक्षित बना रहा करीब 500 साल बाद ला डोन्सेला की बॉडी बर्फ में जमी हुई मिली नंबर चार डैशी डोरजहो एटिगिलोव डोरजहो एटिगिलोव एक बुराद बौद्ध भिक्षु थे 1927 में मेडिटेशन करते हुए उनकी मौत हुई थी उनकी डेड बॉडी को ठीक इसी पोजिशन में जमीन में समाधि दी गई थी 1955 में इटिगिलो के अनुयायियों ने उनकी समाधि स्थल को खोला तो बॉडी ध्यान करने की पोजीशन में ज्यों की त्यों थी यह देखकर लोग हैरान हो गए इसके बाद इस बॉडी को इटिगिल खाम्बय पैलेस टेम्पल में रखवा दिया गया नंबर पाँच लेडी जिन यह दुनिया की सबसे संरक्षित ममीज में से एक है लेडी जिन हान राजवंश के एक राजनीतिक की पत्नी थी उनकी मौत एक ईसा पूर्व हुई थी 2000 साल बाद 1972 में जब लेडी जिन के मकबरे को खोदा गया तो बॉडी बेहद सुरक्षित थी और नसों में ब्लड भी मौजूद था वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि उसकी मौत हार्ट की बीमारी से हुई होगी नंबर छ रोसालिया लोम्बार्डो सिसली की राजधानी पालेर्मो में दो साल की बच्ची रोसालिया लोम्बारो की डेड बॉडी रखी हुई है जिसकी मौत 1920 में हुई थी पिता ने एक्सपर्ट से अपनी बेटी की बॉडी को सुरक्षित करवाया एक्सपर्ट ने बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए अल्कोहल, सेलिस एसिड और ग्लिसरीन के मिश्रण से ऐसा केमिकल तैयार किया जिससे यह बॉडी आज भी सुरक्षित रखी हुई है नंबर सात व्लादिमीर लेनिन सोवियत संघ के नेता व्लादिमीर लेनिन की मौत 1924 में हुई थी सोवियत सरकार ने आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए उनकी बॉडी को सुरक्षित रखना चाहती थी सुरक्षित रखने के लिए बॉडी को केमिकल से नहलाया जाता है और इंजेक्शन लगाए जाते हैं आज भी लेनिन की बॉडी ऐसे लगती है जैसे वह जीवित हो दोस्तों अब आप जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको आने वाली वीडियो की सारी जानकारी मिलती रहे नंबर आठ टोलुंड मैन डेनमार्क के जेटलैंड पेनसुला में टोलुंड मैन की बॉडी काफी संरक्षित हालत में है वैज्ञानिकों का मानना है कि टोलुंड मैन की मौत चौथी ईसा पूर्व शताब्दी में हुई यह बॉडी जिस तरह की मिट्टी में रखी हुई है उसमें डेड बॉडी को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का गुण है यह डेड बॉडी लगभग तीन से 3,105 वर्ष ईसा पूर्व के बीच की है नंबर नौजी इटली के साउथ टेरोल में ठंड के कारण यह बॉडी आज भी काफी सुरक्षित है यह लगभग 3,363 से तीन वर्ष ईसा पूर्व के बीच की है यह यूरोप की सबसे पुरानी ममी है यह बॉडी कॉपर एज की याद दिलाती है डेड बॉडी में जो कपड़े हैं वे घास और चमड़े से बने हैं डेड बॉडी के पास एक कुल्हाड़ी चाकू तरकस और मुट्ठी भर बेर मिले हैं नंबर 10 सन्त फ्रांसिस जेवियर भारत में ओल्ड गोवा के बेसिलिका ऑफ बोमजीस में रखा हुआ सन फ्रांसिस जेवियर का मृत शरीर आज भी सामान्य अवस्था में रखा है यह जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि यह शव विगत 460 वर्षों से बिना किसी लेप या मसाले के आज भी एकदम तरोताजा है दोस्तों अब आप जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको आने वाली वीडियो की सारी जानकारी मिलती रहे